हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज जैसे वनजे है कल मंथली एक्सपायरी है आज मार्केट जैसे आपने को ओपन हुआ फोर्टी टू थाउजेंड फाइव सिक्सटी के आसपास और मार्केट शार्प एक लो लगाया फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी उसके बाद मार्केट आज क्लोजिंग मिला है फोर्टी के आसपास मतलब टू पॉइंट्स मार्केट आज पॉजिटिव जाके क्लोज दिया है कल जैसे मंथली uh, एक्सपायरी है कल कैसे हम लोग मार्केट को प्लान कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कशन करने वाले हैं तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 43,000 42,900 और 43,000 42,900 और 43,000 के आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस अपने को देखने के लिए मिल रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय करके गए होंगे उन लोग अपना पोजिशन शायद यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करेंगे जितने भी सेलर्स होंगे शायद यहाँ पर मार्केट अपना पोजिशन एडअप करेंगे अगर कल एक फोर्टी थ्री थाउजेंड के आसपास मार्केट टिक गैप अप ओपन हो रहा है तो देट मीन्स मार्केट में एक फर्स्ट एक सेलअप अपने को देखने के लिए मिलेगा देन शायद साढ़े बारह के आसपास हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ प्लान कर सकते हैं अगर ये 42,880 का लेवल को ब्रेक नहीं करता है उसके आसपास सस्टेन कर लेता है देन अपने को एक बाइंग साइन देखने के लिए मिल सकता है चलिए देखते हैं कि कल हम लोग कहाँ पर प्लान कर सकते हैं तो जैसे कि मैं डेली कैंडल पे बता रहा था 42,800 से लेकर 42,000 uh... 860, 860, 42,900. ये सब एक बाइंग जोन हो सकता है अगर मान लो कि कल फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट हम लोग वेट करेंगे कि 42,800 को ये क्रॉस ना करे. अगर यहाँ से सार्वली क्रॉस कर जाता है देन हम लोग को एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है अपट टू तो 42,500 के आसपास आज जैसे मार्केट 42,500 को रेस्पेक्ट देके मार्केट एक शार्प मोमेंटम किया 300 हंड्रेड पॉइंट्स के आसपास तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोर्टी थ्री एक ग्राउंड लेवल है अगर मार्केट यहाँ पर जाके होल्ड करता है और साढ़े बारह के बाद ये मार्केट को ब्रेक करता है देन हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग साइड पे ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है अगर फोर्टी थ्री थाउजेंड मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है देन हम लोग को एक मार्केट में एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है कल जैसे मंथली एक्सपायरी यह मैं बता रहा था बायर्स जितने भी होंगे जितने भी लोग मार्केट में होल्ड किए होंगे वो लोग स्क्र ऑफ करने के लिए ट्राई करेंगे और जितने भी लोग सेलर होंगे वो लोग भी शायद पोजिशन ऐड कर सकते हैं क्योंकि बायर्स अपना स्क्वाफ़ करेंगे तो सेलर अपना पोजिशन ऐड करेंगे तो देन हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह मोमेंटम कर रहा है विथ द मोमेंटम हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अगर हम लोग निफ्टी की बात करें अगर हम लोग निफ्टी के डेली का कैंडल की बात करें तो मार्केट में अभी भी एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी के आसपास मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है सॉरी सेवनटीन के आसपास मार्केट में एक रजिस्टेंस बैठा हुआ है तो हम लोग प्लान कब करेंगे अगर ये सेवेंटीन को रिस्पेक्ट करता है और एट सिक्सटी क्रॉस कर लेता है देन हम लोग का प्लान रहेगा कि फो एटीन थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड नाइन ये अपने लिए एक क्रोशियल लेवल बन जाता है तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंटर पे कैसे प्लान कर सकते हैं अगर मैं इंटर की बात करूँ सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अगर सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है यहाँ पे ये मार्केट होल्ड कर लेता है तो हम लोग पहले वेट करेंगे सत्रह आठ सौ साठ सेवनटीन का लेवल को मार्केट ब्रेक करे विदअन प्राइस सेक्शन देन हम लोग का टारगेट रहेगा 17,900 देन हम लोग प्लान कर सकते हैं 18,000 के आसपास अगर कल मार्केट एक अच्छा खासा अपॉर्ट मोमेंटम देता है देन हम लोग 18,000 के आसपास एक आ, प्लान कर सकते हैं अगर यहां से सार्फ सेलिंग आता है 18,000 का लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है देन हम लोग को मार्केट सेवेंटीन और सेवनटीन के आसपास मार्केट देखने के लिए मिल सकता है आई होप आपको ये प्राइस सेक्शन एनालिसिस पसंद आ रहा होगा तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक आइडिया मिल सके आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना जो भी प्राइस सेक्शन के बारे में मार्केट में जानना चाहता है मार्केट को समझना चाहता है उनको एक एनालिटिकल वीडियो उनके पास पहुंच पाए एंड इस ना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी मेरे ट्रेडर्स दोस्त हैं उनको एक अच्छा एनालिटिकल वीडियो पहुँच पाए क्योंकि अगर वो लोग अच्छे से मार्केट को एनालिसिस कर पाएंगे मार्केट से पैसा बनाना कोई बड़ा बात नहीं है बट इजी भी नहीं है मार्केट को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अगर ये प्राइस एक्शन की एनालिसिस उनके पास पहुंचेगा तो वो लोग अच्छे से अपना एनालिटिकल स्किल बढ़ा सकते हैं थैंक यू